ये एक ऐसे व्यक्ति की ममी है, जो लगभग साढ़े सोलह सो हिस्सा पूर्व से सो रही है नाम है और इसकी खोज 1950 में डेनमार्क में जेटलैंड प्रयादीप के सिल्कबोर्ग के नजदीक हुई थी एक दलदली शरीर के रूप में सुरक्षित पाया गया था उस व्यक्ति के शरीर की बनावट इतनी अच्छी तरह से सुरक्षित थी कि उसे गलती से ही हाल की की हत्या का शिकार समझ लिया गया था। जांच गई तो पता चला कि चार से 445 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था और ये भी पता चला कि 380 और 405 से ईसा पूर्व में लगभग 40 की उम्र में मृत्यु हुई थी और अच्छी तरह से जांच करने पर पता चला कि किसी कारणवश इसे फांसी दी गई थी और आखिर में इसका कद 160 सेंटीमीटर बताया गया है और ये बॉडी जहां मिली है इसकी लोकेशन नीचे डाल दी गई है आप गूगल मैप पर जाकर सर्च कर सकते हैं और ये आपको जानकारी कैसी लगी इसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि आगे मैं अच्छे से कंटेंट ला सकूँ शुक्रिया